भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पान मसाला और गुटखा के सैंपल लेकर उनकी प्रयोगशाला में जांच कराने की मांग की है विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने पत्र में लिखा है मध्य प्रदेश में खुलेआम बिकने वाले पान मसालों और गुटखों में व्यापक रूप से मिलावट की जाती है जिससे इसका सेवन करने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी हो जाती है बाजार में बिकने वाले राश्री विमल और रजनीगंधा जैसे पान मसालों में कई सारे खतरनाक तत्व मिलाए जाते हैं जिससे इसका सेवन करने वालों की जान भी जा सकती है अतः मुख्यमंत्री चौहान से निवेदन है कि इन पान मसालों और गुटखों के सैंपल लेकर लैब में इनकी जांच कराई जाए और यदि इनमें मिलावट पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए गुटका का परिणाम कैंसर है और कैंसर का परिणाम जो है घर तबाए घर बर्बाद गश्ती बर्बाद पैसा दाम बर्बाद और अंतिम रत्न ऐसी स्थिति में जब सरकार जाती है सरकार का पता नहीं कितना करोड़ रुपया पैसा खर्च होता है कैंसर की दवाई पर तो सरकार को मुख्यमंत्री जी को पत्र में इसलिए लिखा कि इस गुटखा को जो सबसे बड़ी महामारी है भयावह बीमारी इस गुटखा को तत्काल में बंद किया जाए तभी प्रदेश का कल्याण होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि जो गुटका इस तरह बना के, खिला के कैंसर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 जो हमें देगा डिफर्ड एनुटी मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम एल आई सी एल आई सी के एन टी प्लान एन ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सीबिलिटी एल आई सी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज